हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग आज मेरा पहला इंटरव्यू सॉरी मेरा पहला वीडियो चैनल है और ये पहला वीडियो मैं बना रहा हूँ सबसे पहले हम सीखेंगे कि जी मेल अकाउंट कैसे बनाकर ईमेल अकाउंट कैसे बनाते हैं तो सबसे पहले हम गूगल को ओपन करते हैं के तो पे लिखते हैं क्रिएट क्रिएट है ना दोस्तों योर गूगल अकाउंट जैसे आपका नाम जिस नाम पे बनाना है जैसे फर्स्ट नेम डालने को बोल रहे लिखेंगे देखिए सयाम नाम थी एच ए वाई सयाम कुमार ठीक है दोस्तों अब यहाँ पे चेक करेंगे टी तो वी वाला ईमेल आईडी है या नहीं है ठीक यहाँ पे जैसे सपोर्टेड सयाम वन टू थ्री देते हैं तो, तो, तो यहाँ पर चेक करेंगे कि यहाँ पे ये है या नहीं? नहीं पता चलना है तो मैं दे बहुत कुछ भी डाल सकते हैं अगर उस नाम का एडी नहीं बना रहेगा तो ये आ जाएगा ठीक है सर देखिए ये हुआ ठीक है कुछ भी अपने ऑटोमेटिक वो आ जाएगा पासवर्ड में क्या करना है ने ने एक देना है। तो एक है दे तो दे देना देना ठीक है तो इसमें पासवर्ड पासवर्ड दे पड़ेगा कंफर्म इसको देखना है कि क्या मैंने सही लिखा दो क्लिक तो तो तो तो तो तो तो तो करना है तो ये एंड स्ट्रांग अब आ जाएगा आप यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों एस ए वाई एम से यहाँ पे अंडर स्को यहाँ पर सिक्स फाइव ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर एस ए वाई एम सा अंडर स्को सिक्स जीरो फाइव आप चेक करना है दोनों सही है कि नहीं पासवर्ड तो यहाँ पे करके चेक कर लेंगे ठीक इसके बाद मेस्ट कर लेंगे अभी ये देखिए अभी भी ये बताया प्लीज क्यों सिस्टम यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है एफ के टू एट 274 इसको जीरो थ्री सेवन एफ सेवन टू सेवन फोर इसको अब ये ई मेल आई डी कर सकते पासवर्ड चाहिए मिक्स ऑपरेटेड नंबर है सिंबल ठीक है आप इसका पासवर्ड दे सकते हो इसका मतलब क्या है यहाँ पे K N एम एर ठीक है ठीक है? है अब ये स्टार्ट आपको नहीं करना है आप यहाँ पे बस मोबाइल नंबर देना है वन नंबर देना, तो देना, देना, तो देना, देना, तो तो देना है <misery> तो रोक रहा हूं तो अपना डि